माध्यम से किस प्रकार से रिचार्ज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले स्पाइस मनी की आईडी ओपन करनी होगी तो चलिए हम स्पाइस मनी के एप्लीकेशन को खोल लेते हैं उस एप्लीकेशन को खोलने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस इसका नजर आएगा तो इस पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है तो चलिए दोस्तों हम डाल देते हैं पासवर्ड डालने के बाद आप ये देख सकते हैं लॉगिन इस लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये आपका मोबाइल वेरीफाई करेगा मोबाइल नंबर तो आपका ये अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा वेरीफाई होने के बाद आप एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुके हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये आप लॉगिन हो चुके हैं लॉगिन होने के बाद इस प्रकार से अप्लीकेशन का इंटरफेस है और इसकी आईडी आप लोगों के पास होगी नहीं लेकिन इसकी आईडी किस प्रकार से मिलती है ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे और बिल्कुल फ्री निशुल्क है कि इसको कोई भी व्यक्ति ले सकता है तो चलिए हम इसको रिचार्ज का आपका प्रोसेस बताते हैं तो आप ये देख सकते हैं सब सुपर मोबाइल प्रीपेड इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जिस पे आप रिचार्ज करना चाहते हो तो दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ऑपरेटर सेलेक्ट करना है किस कंपनी का आपका सिम है उसके बाद यहाँ पे आपको प्रांत अपना सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अमाउंट आपको जितने का भी रिचार्ज करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं वाई प्लान इस वाइव प्लान पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको कौन सा करना है तो हमारा जियो फ़ोन है तो हम जियो फ़ोन पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जियो फ़ोन के इतने प्लान हैं जो प्लान आपको सही लगे आप उसको चुन सकते हैं तो हम ये एक वाला प्लान चुनते हैं इसके बाद ये आप देख सकते हैं रिचार्ज इस रिचार्ज पे आपको क्लिक कर देना है रिचार्ज पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट वगैरह ये आपका और मोबाइल नंबर क्या है ये सब यहाँ पे एक पॉपअप के माध्यम से शो कर देगा इसके बाद आपको कंफर्म इस कन्फर्म पर क्लिक करना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल तो आप देख सकते हैं आपका रिचार्ज सफलता पूर्वक आपके मोबाइल नंबर पे हो गया है इसके बाद आप बैग चले जाइए बैग जाने के बाद आप इसमें और भी कई तरीके की सर्विसें जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वाई बी के वाई है दो लाख तक का ट्रांसफ़र हो सकता है डीएमटी है और स्पाइस मनी एटीएम है एपीएस है बैलेंस इंक्वायरी है कई ऐसे इसमें ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपना जो अमूमा डेली का काम है वो आप इस पर कर सकते हैं आई रेलवे की इसमें आप आई डी ले के भी कितने भी टिकट आप बना सकते हैं बेच भी सकते हैं कस्टमर को दे सकते हैं अप्लाई पैन कार्ड है इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो भी आप चाहें फास्टैग रिचार्ज है गैस बुकिंग सिलेंडर है एजुकेशन फ़ीस कई चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अगर हमारा वीडियो पसंद आ जाए तो आप इसको एक लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों धन्यवाद दोस्तों